अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ऐड दिखाई दे रही है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए तीन ऑप्शन बी छः ऑप्शन सी नौ या ऑप्शन डी बारह आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए